एक योगी सदा परमात्म सुखों में तल्लीन रहता है वो प्रभु प्रेम में भी मग्न रहता है और जो आत्मा प्रभु प्रेम में मग्न है उसके पास माया आ नहीं सकती कोई व्यक्ति भी अगर बुरी नजर से आएगा तो वो आ ही नहीं सकेगा दूर से ही चला जाएगा क्योंकि उसके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं वो उसके चारों छत्र छाया बना देते हैं परमात्मा प्यार इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है बेघारियों के प्यार में तो कष्ट मिलता है आजकल संबंधो में भी किसी किसी को सुख बहुतों तो को दुख मिल रहा है लेकिन परमात्म प्यार हम सभी को इन संसार के दुखों से ऊपर ले चलता है और सुख सुखों से तो कहने ही क्या परमात्म सुख से आत्मा भरपूर हो जाती है हमें अपने जीवन में इन अति सुखों को सदा ही अनुभव करते रहना है ये सुख इतने बड़े हैं कि इनके समक्ष संसार के सभी सुख धन संपदा सब लगने लगती है तो आइए हम इन सुखों का निरंतर स्वादन करें एक योगी साक्षी दृष्टा होता है वो उपरा होता है वो हर चीज से प्रभावित नहीं होता हर चीज को देखकर, हर घटना को देखकर, हर व्यक्ति को देखकर, कर वो क्या क्यूँ के क्वेश्चन में नहीं उलझता बल्कि साक्षी होकर उन्हें सकाश देता है बाबा का बहुत ही सुंदर महावाक्य है यदि तुम बाप समान बनना चाहते हो तो जैसे मैं इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ हर एक के पार्ट को साक्षी होकर देखता हूँ वैसे ही तुम भी देखो और जैसे मैं सबको सकास देता हूँ तुम भी सबको सकाश दो तुम्हारी शुभ भावनाएं तुम्हारी आत्मिक व्रत सब को श्रेष्ठ वाइब्रेशन दिलाती रहेगी इससे बहुत बड़ी सेवा होगी और हम संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहेंगे। ये उपराम स्थिति हमें संपूर्णता के समीप ले चलेगी हम जरा अपने भविष्य स्वरूप का एक सुंदर विजन बनाएं। हमारे सामने हमारा संपूर्ण स्वरूप है चित्र बनाए जरा निरंतर योग युक्त बुद्धि संसार में कहीं नहीं चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही हैं चेहरे पर दिव्य तेज है हम सोलह कला संपूर्ण और हमारी डिग्री हंड्रेड तक पहुंच रही है ये है हमारा संपूर्ण स्वरूप बाप समान स्वरूप ये स्वरूप सामने खड़ा होकर हमारा आह्वान कर रहा है आओ मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ और धीरे धीरे ये संपूर्ण स्वरूप हमारी ओर बढ़ता है और हम में समा जाता है हम संपूर्ण पवित्र संपूर्ण अहिंसक सर्व गुणों से संपन्न सोलह कलाओं से युक्त डबल ताजधारी बन जाते हैं ये एक योगी की स्थिति है बाबा जैसे इस धरा पर विचरण करते हुए भी ऐसे विचरण करते थे मानो है ही नहीं जैसे कि ये दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं है एक श्रेष्ठ योगी की स्थिति भी यही होती है कर्म करते धंधे करते हुए मनुष्य इस तरह उपराम हो जाता है लेकिन इसके लिए चाहिए संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण साक्ष दृष्टा स्थिति सब आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं सबको पूरा करके घर वापस चलना है जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सत्य है ये गाना बहुत सुंदर है अब ये खेल पूरा हो रहा है हमने हीरो पार्ट बजाए इस तरह के स्वदर्शन चक्र की स्मृति में स्थित आत्मा योग्यत हो जाती है तो सारा दिन हम अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करेंगे और अपने पांच स्वरूपों का अभ्यास करके छठा स्वरूप ये भी जोड़ेंगे खेल पूरा हुआ अब मैं आत्मा ये छोड़कर उड़ती हुई जा रही हूँ अपने धाम बैठ गए डीप साइलेंस में oh.